तो चलिए दोस्तों मैं बिना कोई टाइम पास करे ये वीडियो को चालू करता हूँ कि एक दिन में वन के व्यूज़ और वन के सब्सक्राइबर्स कैसे ले तो दोस्तों ये जो मैं बताने वाला हूँ ये एकदम सही है कंटेंट है तो दोस्तों आपको पहला काम क्या करना है आपको अपना अच्छा कंटेंट रखना है वीडियो का और आपके वीडियो की क्लियरिटी अच्छी रहनी चाहिए तो दोस्तों ये सब मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन जब आप करोगे तो इसका अच्छे से करना ये एकदम जेनुअन ट्रिक है और यूट्यूब से सबकी वीडियो पर अच्छी इंप्रेशन करवाता ही है बस काम अपना है इतना है कि हमें वीडियो को ऐसा स्क्रिप्टेड करना है लोग उसे एंटर देखें दोस्तों अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो ज़रूर आपकी वीडियो 100% वायरल होंगी दोस्तों आगे की बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब तक मुझे ये वीडियो में 50 लाइक चाहिए